कौन हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते खड़े हो जाते हैं ये बच्चा है छोटा अग्नि को ले जा लोटा ये कईय कर दे <featured> कल तू भी नई लल्ली बाजार में पन्नी पहचानी पहला खड़ा हो दो होंगे पकड़ हाथ में पल्ला डाली करके हाथ चला बैठ जाओ नीचे को <laughs> ना पार निकल जा मिलाई दाँत है केले खाते में तो इनके उखड़ गए दांत केले खाते हाँ केले खा रहा है तो दांत उखड़ता है के तो खरीदी खरीदो, भी नहीं, आर आरापड़। आरापड़। के नाम नहीं। तो तो और दो जी का नाम बेसिक ट्रिक है एक तो लाइक और शेर ठोक दीजिए महाकाल का पांच हजार लौटने तक जाना चाहिए ये चार हजार के मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा लाइक ठोक दबा